नमस्कार साथियों आर टेक्निकल गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट आई हुई है और इससे बड़ी अपडेट क्या आई हुई है उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो तेरवा किस्त जो नहीं आया हुआ अभी तक उसी से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है तो चलिए इस वीडियो के में देखते हैं कि क्या बड़ी अपडेट है तो जो भी दोस्त जो भी किसान बंधु हमारे इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही आइकन का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा ज़्यादा किसान बंधुओं को अपडेट का पता चले और वो समय अपना जो भी अपडेट है वो कर पाएं ठीक है दोस्तों तो जो भी दोस्त या फिर किसान बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया ज़्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ठीक है तो चलिए मैं चलता हूँ वो बड़ी अपडेट की ओर जो बड़ी अपडेट आई हुई है और अभी बहुत सारे किसान बंधुओं को ये मैसेज आ रही है आप मैसेज को गौर से पढ़ भी सकते हैं बाद में कि मैं इस मैसेज को डिस्प्ले भी टैप कर दूंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ठीक है तो इस तरह का मैसेज भी आ रहा है किसान मतलब पीएम किसान के, पी के द्वारा तो इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कृया कृपया विभाग जो है कृषि विभाग बिहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत आगामी तेरहवीं किस्त का भुगतान आधार एवं एनपीसीआई से लिंक बैंक खाते में किया जाना है ठीक है यहाँ पे पूरा देखेगा क्लियर कर रहा है ये लोग कि तेरवा किस्त जो है उन्हीं किसान बंधुओं को मिलेगा अभी तक बहुत सारे किसान बंधु ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे कि तेरवा किस्त कब तक आएगा ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ी अपडेट जो इसमें अपडेट क्या है यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब तेरवा किस्त जो है कि जो आधार एवं एनपीसीआई से लिंक है आपका खाता उसी खाते में आपका पैसा आने वाला है ठीक है अतः आप अपने बैंक शाखा में संपर्क कर अपने बैंक खाता को पंद्रह दिन के भीतर आधार एवं एनपीसीआई से लिंक कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपका आगामी किस्त से वंचित रह जाएंगे मतलब जो आपका आधार लिंक अगर नहीं है आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आपका जो तेरवा किस्त है वो आपका किस्त नहीं आएगा तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं है उससे भी रिलेटेड अभी मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा तो जो भी दोस्त देख रहे हैं कृपया अंत तक देखते रहें इस वीडियो को ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाए ठीक है तो यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है कि जो भी किसान बंधु का पेमेंट या फिर अभी तक तेरहवा किस्त जो है किसी भी किसान बंधु को नहीं आया हुआ है लेकिन ये एस लगभग किसान बंधुओं को आ रहा है ठीक है तो ये मैसेज जिस दिन आया हुआ है उस दिन से लेकर पंद्रह दिन के भीतर आपको आधार कार्ड और NPCI लिंक करवाना अनिवार्य है अन्यथा इस महीने के अंत तक जो तेरवा किस्त भेजी जाने वाली है वो किस्त आने से आप वंचित हो जाएंगे तो वो किस्त आपको नहीं मिल पाएगा तो वो आप कैसे चेक करें कि आपका अकाउंट किस बैंक में मतलब आपका आधार जो है किस बैंक से रिलेटेड मतलब लिंक है एनपीआई एनपीसीआई लिंक है या नहीं वो सारा अपडेट हम इसी वीडियो में देंगे तो आप चलिए क्रोम ब्राउजर पर चेक आधार या बैंक लिंक स्टेटस ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां, यहां पे जो है कि वो संपूर्ण जानकारी आप फिल करेंगे तो यहां से अभी आपको पता चल जाए कि आपका आधार किस बैंक अकाउंट से लिंक है अगर आपका यहां पे वो डिटेल्स नहीं बताता है या फिर संतुष्टि के लिए आप अपना नियरेस्ट जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच में जाए वहां से भी आप अपडेट ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्चुअल आईडी से भी आप चेक कर सकते हैं और आधार नंबर से भी चेक कर सकते हैं तो ये इसमें जो है कि इस इसको चेक करने के लिए आपके आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है अगर आपका आधार मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो आप अपने नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर आप अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर ठीक है तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भरेंगे उसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे तो आपको दिख जाएगा उससे कन्फर्म रहेगा कि आपका एक अकाउंट जो है लिंक है तो मैं अभी खुद दिखा रहा हूँ कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका लिंक है या फिर नहीं है वो कैसे चेक करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे आधार नंबर भरने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जैसे ओटीपी सेंड होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा योर ओटीपीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ठीक है तो यहाँ पे जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करेंगे ठीक है सबमिट करने के बाद वो आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा ठीक है ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको यहां दिखेगा कि किस बैंक अकाउंट में आपका जो है आधार लिंक है सीडिंग क्या हुआ है या फिर NPCI पी डन है तो यहाँ पर आप जैसे यहां देखेंगे तो यहाँ बताएगा चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका किस अकाउंट में डन है मतलब जो लिंक है वो आपको दिखेगा यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखेगा और यहाँ पे उसका बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाएगा तो एक्टिव रहेगा आपका ठीक है और बैंक सीडिंग डेट जो है चार पांच दो मतलब किस डेट को आपका अकाउंट में जो है आधार लिंक हुआ था वो भी आपको यहाँ पे फैक्स करके बता देगा और साथ ही आपका बैंक नेम भी दिखा देगा कि आपका जो है आ, कौन सा बैंक में आपका आ, क्या बोलते हैं ये आधार लिंक है ठीक है तो यहीं से आप इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अगर जो भी किसान बंधु को लग रहा है कि हमारा अकाउंट में ये आधार नंबर लिंक नहीं है या फिर एन लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक जाकर अति अतिशीघ्र आप अपने बैंक जाएं और जल्द से जल्द आप अपने आधार मतलब बैंक अकाउंट में जो है आधार लिंक करा लें आधार लिंक कराने के बाद जो है ही आपके पेमेंट जो तेरहवा किस्त है आपका तेरवा किस्त आपको आएगा और आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो ये एस आपको आया हुआ है तो ये काम आप जितना जल्द करा लें उतना बेहतर रहेगा आपके लिए क्योंकि आपके पास इस ये महीना लास्ट है क्योंकि अगले महीने फर्स्ट वीक या फिर इस महीने के अंत वीक में जो है आपको तेरवा किस्त दे दिया जाएगा ठीक है दोस्तों और जो भी किसान अभी तक नहीं करवाए हैं कृपया जल्द से जल्द करवा लें अन्यथा आपका जो तेरवा किस्त है वो नहीं आ पाएगा अगर तेरवा किस्त चाहिए तो आपको एनपीसीआई और आधार लिंक करवाना अपने अकाउंट में अनिवार्य है और चेक करने भी मैं बता दिया हूं कि आप अपना एनपीसीआई लिंक कैसे या फिर आधार लिंक कैसे चेक करें तो ये इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से जाकर विजिट करके चेक कर सकते हैं चले दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था जो कि हमारे प्रिय किसान बंधुओं के लिए था तो इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादातर शेयर करें और ज़्यादा ज्यादातर किसानों तक पहुंचाएं ताकि वो अपना जो एन लिंक और आधार लिंक वो जल्द से जल्द करवा लें और जो भी किसान बंधु इस चैनल पर नहीं है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दिया जाता है इस चैनल पर तो अगर अभी तक नहीं किया हैं तो कर लें और साथ ही बैलाइकन का बटन दबा दें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा दिया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो चलिए दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों तक देना था चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ अलविदा तब तक के लिए धन्यवाद